आप लोगों को बहुत मोटिवेशनल बातें बतलाने वाला हूं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और एक बार चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें एक बात हमारी याद रखना रास्ता एक ही था रास्ता एक ही था फ्रॉन डूब गया और मूसा गुजर गए यकीन अल्लाह पर रखो रास्ते पर नहीं एक बात हमारी याद रखना दरख्त तो बूढ़ा होकर फल ना भी दे लेकिन साया जरूर देता है काश ये बात औलाद को भी समझ में आ जाए वक्त पर एक बात हमारी याद रखना जब घरेलू फैसला करने के लिए बाहर के बंदे की जरूरत पड़ जाए तो समझ लें आपका खानदान बर्बाद हो चुका एक बात हमारी याद रखना गुनहगार जब नदामत के आंसू रोता है तो अरश इस तरह कांपता है जिस तरह माँ बच्चे के रोने से कांपती है एक बात हमारी याद रखना वक्त दिखाई नहीं देता वक्त दिखाई नहीं देता मगर फिर भी क्या क्या दिखाता है एक बात हमारी याद रखना ज़िंदगी का तजुर्बा तो नहीं है मेरा ज़िंदगी का तजुर्बा तो नहीं है पर इतना मालूम है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर अपनी औकात दिखा देता है एक बात हमारी याद रखना बाबा जी हमसे कहा करते थे कि बेटा मोहब्बत वो होती है जो नबी ने अपनी उम्म से की है एक बात हमारी याद रखना बेहसी कहने या नाकदरी कहने मगर इंसान हमेशा अपने खैर को उसके चले जाने के बाद पहचानता ये बात हमारी याद रखना कोई मरने लगे तो हम सूर्य यासी लेकर उसके सराहाने बैठ जाते हैं ताकि उसकी रूह आसानी से निकल जाए हमने कुरान करीम से सिर्फ मरना ही सीखा है काश इससे जीना भी हम लोग सीख लेते एक बात हमारी याद रखना रिश्ते तो सभी अनमोल होते हैं रिश्ते तो सभी अनमोल होते हैं पर अपनाइत कुछ खास लोग ही देते हैं एक बात और याद रखना दिल सभी को देता है खुदा पर इस जगह में कुछ ख़ास लोग ही होते हैं एक बात हमारी याद रखना गिला ये नहीं है कि हमारे ख़िलाफ़ बोलते हैं लोग गिला ये नहीं है कि हमारे खिलाफ बोलते हैं लेकिन अफसोस ये है कि नहीं बोलना हमने ही सिखाया था एक बात हमारी याद रखना ज़िंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है ज़िंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है लेकिन अपना कौन है ये वक्त बताता है एक बात और याद रखना जब इंसान पर अच्छा वक्त आता है तो वो भूलने वाली चीज़ों में से सबसे पहले अपनी औकात भूलता है एक बात और याद रखना सखी में हज़ार बुराइयाँ तब भी वो लोगों का महबूब रहता है सखी में हज़ार बुराइयाँ तब भी वो लोगों का महबूब होता है और कंजूस में हज़ार अच्छाइयाँ हो तब भी लोग उसे नापसंद करते एक बात और याद रखना बड़ा आदमी वो है बड़ा आदमी वो है जो अपने पास बैठे इंसान को छोटा महसूस ना होने दे एक बात हमारी याद रखना ज़िंदगी में कामयाब होना है तो लोगों से उम्मीदें और तो रखना छोड़ दें याद रखें इंसान इंसान को कुछ भी नहीं दे सकता अपनी शख्सियत खुद मज़बूत बनाएं। एक चट्टान बन जाए बड़े से बड़ा तूफ़ान आपको छुए बिना गुजर जाएगा याद रखना दुनिया फना है इसकी हर चीज़ फना है तो अपनी उम्मीद इंसानों में भी फना कर दें बस अल्लाह से उम्मीद लगाएँ जो दिल का हर रास जानता है जो हमेशा रहने वाला है बात याद रख बात हमारी याद रखना अपनी कमज़ोरी और अपना हाल उसी को ही बताएं, अपनी कमज़ोरी और अपना हाल उसी को ही बताएं जो हर हाल में आपके साथ खड़ा रहे वरना रिश्ता हो या मोबाइल जब नेटवर्क ना हो तो लोग अक्सर गेम खेलने लगते हैं बात हमारी याद रखना